सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो बाहर की